सिंगरौली में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर, अनिश्चित कर रहे हैं जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है कर्मी ने पर पोस्टर लगाकर भैंस के आगे बीन बजाते हुए प्रदेश सरकार का विरोध किया है उनका कहना है कि वे पिछले कई वर्षो से संविदा स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है सिंगरौली में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल कर दी है स्वास्थ्य कर्मियों ने भैंस पर पोस्टर लगाकर बीन बजाते हुए प्रदेश सरकार का विरोध किया और कहा कि वे 15 वर्ष से संविदा स्वास्थ्य कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें स्थाई नहीं किया गया है। जबकि 2013 और 2014 में हड़ताल के दौरान प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायी कर दिया जाएगा उनका कहना है की कोविड नाइन्टीन के दौरान अपनी जान हथेली पर रखकर हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया लेकिन अभी तक प्रदेश सरकार ने हम लोगों को स्थायी नहीं किया संविदा कर्मियों ने कहा कि जब तक हमें स्थाई नहीं किया जाएगा तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे अगर संविदा स्वास्थ्य कर्मी ज्यादा समय तक हड़ताल पर रहे तो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर क्या कदम उठाती है तेरह विगत तेरह वर्षो से हम लोग संविदा में कार्यरत है और तेरह साल ऐसी हमारी मांग नियमितकरण थी लेकिन कई बार हम लोग ने आंदोलन किया 2013 में 2014 में और 2018 में आंदोलन बयालीस दिन का किए थे उसमें बस सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया आश्वासन देने के बाद सरकार अपने बाद भूल गई इसलिए आज हम लोग ने भैंस के आगे बीन वाली कहावत वा है कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस कड़ी पर घुराए इसको करके सिद्ध किया है कि सरकार हमारी आवाज़ सुने और हम लोग का नियमितकरण करे सभी संविदा कर्मचारी हैं सिंगरौली जिले के लगभग 500 कर्मचारी हड़ताल पे हैं मेरी हमारे जो तो संघ की मांग है नियमितीकरण जब तक नियमितीकरण नहीं होता दूसरी मांग है जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया चलती है तब तक 5 जून 2018 की जो नीति बनी थी उस नीत के तहत सभी कर्मचारियों को 90 परसेंट मानदेय वेतन का मानदेय दिया जाए एवं जो कर्मचारी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनको आउटसोर्सिंग में कर दिया गया है उन्हें दोबारा फिर से नाट्यम में शामिल किया जाए जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है जैसा भी अपनी प्रदेश कार कार्यकारिणी का निर्णय होगा उसके साथ सिंगरौली जिला हमेशा साथ में रहेगा आगे जो प्रदेश की अपनी समिति है जो प्रदेश के अध्यक्ष वगैरह है उनका जो निर्देश होगा उसका हम अक्षर से पालन करेंगे